हेलो फ्रेंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए आजकल हर कोई फोन करता है हर हर फोन में YouTube YouTube होती होती है, होती है, है, जो वो हर कोई चलाता है, हम भी चलाते हैं हमारे बच्चे भी चलाते हैं क्या फ्रेंड आपको पता है YouTube हमारे बच्चों के लिए कितनी हानिकारक खानि, है YouTube में कितने कंटेंट आते हैं कितने तरह की वीडियो आती है जो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं होती है तो हमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं हमारे बिजली शेड्यूल में क्या करते हैं फोन अपने बच्चे को दे देते हैं बच्चा कुछ ना कुछ देखता रहता है कुछ ना कुछ देखता रहता है बच्चे की उम्र छोटी होती है वो ऐसी कोई चीज देख लेता है जिससे बहुत जल्दी वो एक बैड संगत में पड़ जाता है आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने कौन से फोन अपने जो मोबाइल है मोबाइल में यूट्यूब के अंदर आपने कौन सी सेटिंग करके रखनी है जिससे आपका बच्चा जो मर्जी देखता रहे लेकिन उसके पास को बच्चे को फोन देना क्योंकि फोन में ऐसा बहुत बहुत सारी चीजें फोन में ऐसी आ जाती है फ्रेंड जो हमारे लिए तो ठीक है मतलब हमारे बच्चों के लिए उतना मतलब सुटेबल नहीं होती है ठीक है फ्रेंड तो कम्प्लीट देखना हर हर एक एक एक, एक को फॉलो करना ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके उसको अच्छी संगत मिल सके अच्छी चीज उसके पास पहुंच सके अच्छी नॉलेज उसके पास पहुंच सके ठीक है फ्रेंड चलो मैं चलता हूं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वहां पे मैं आपको दिखाता हूं आपने कौन सी सेटिंग को ऑन करना है कौन सी को ऑफ करना है अगर फ्रेंड आप जो सेटिंग अपने फोन में करके रखोगे तो उसके बाद चाहे बच्चे को आप फोन देते हो तो बच्चे के पास ऐसी कोई भी वीडियो ऐसा कोई भी कंटेंट बच्चे के पास नहीं पहुंचेगा जिससे आपके बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है बैठ संगत में पड़ जाता है उसका फ्यूचर खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं यूट्यूब उसको हटा देगा आपके यूट्यूब के अंदर से तो उसके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंचेगी चलो फ्रेंड आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ सीधा ले चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ कौन सी सेटिंग को ऑन करना है और कौन सी सेटिंग को ऑफ करना है देखिए फ्रेंड हम आ आगे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है यूट्यूब को खोल लेना है जैसे फ्रेंड हम यूट्यूब को ओपन करते हैं यूट्यूब को मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आपने सबसे पहली सेटिंग जो बच्चे को फोन देने से पहले आपने क्या करनी है देखो जो फोन आ जहां आपने जो आपका चैनल का होता है ना आपके जो नाम का जो आईडी का जो आपने ईमेल आईडी लगाई है वहां उसका लोगो बना होता है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है जैसे फ्रेंड हम क्लिक करते हैं तो जहां नीचे एक का ऑप्शन दिया गया होता है सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद जहाँ ढेर सारे ऑप्शन है जहाँ सबसे ऊपर वाला जो जनरल लिखा हुआ है इसपे हमने क्लिक करना है जैसे फ्रेंड हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो सेकंड लास्ट सेकेंड पे हमने एक रजिस्ट्रिक्ट मोड लिखा होता है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता आपको हटा देगा मतलब ऐसी कोई भी वीडियो जहां पे शो नहीं होगी जो आपके बच्चे के लिए खतरनाक है हानिकारक है जो उसके फ्यूचर को खराब कर सकती है ठीक है तो जहां पे मैं एक बार दोबारा उसको ऑफ करके कर दिखाता हूँ उसके बाद कैसा कंटेंट आता है और ऑन करके दिखाता हूँ तो कैसा आता है सेटिंग पे के जनरल पे के जहाँ से रजिस्ट्री के मोड को हम ऑफ कर देंगे उसके बाद मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ भी कैसा आएगा जहाँ हम शॉर्ट पे अगर जाएंगे तो जहाँ पे फ्रेंड बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी होती है ये देखो ये ऊपर आ गया मतलब ऐसी वीडियो गंदी जी मतलब बच्चे को पता नहीं होता नॉलेज नहीं होती और इस तरह की वीडियो देखे उसके दिमाग में गलत विचार आने लग जाते हैं अभी मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूं तो देखना है ये वीडियो जहाँ पे रहती है नहीं रहती है। मतलब ये वो यूट्यूब क्या करेगा उसको हटा देगा यहां जनरल पे गए रजिस्ट्रिक्ट मोड पे गए तो जहां पे अगर हम बैक करके देखेंगे तो ये देखो यूट्यूब द्वारा रीलोड करेगा देखो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आएगी जो बच्चे के लिए हानिकारक है अभी सेकेंड ट्रिक क्या है फ्रेंड जो आपने अपने फोन में करके रखनी है मतलब ये तो हो गया बच्चे के करनी तो दोनों अपने यूट्यूब में है आपने कब करने कई बार हम फोन खुद यूज करते हैं हम तो हैं हम तो ऐसा कंटेंट देख सकते हैं देखते भी हैं बहुत सारे हमारे ऐसे व्यवर है जो लोगों का और इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजें देखने के लिए वो क्या करता है जब भी हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च मारते हैं जहाँ सर्च करते हैं तो जहाँ पे इसकी कुकिंग में शामिल हो जाता है मतलब की उसके बाद जब अगली बार हम यूट्यूब खोलते है तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो वीडियो शो करता है जब बच्चे के पास जाएगा तो अब भी वो वीडियो वहां पे शो करेगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है हम वो वीडियो देखते हैं इसके लिए फ्रेंड आपने क्या करना है जहाँ पे ये ऊपर ये टर्न और एक कॉम्बिनेटिव मोड होता है इसको आपने ऑन करके रखना है जैसे फ्रेंड हम इसको ऑन कर देंगे तो जहां पे आप जो भी चीज सर्च करोगे तो जहां पे जैसे मैं एबीसी मैं आप जहाँ से कुछ सर्च करके दिखाता हूँ आपको जहा से मैं सर्च कर लेता हूँ अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ उसके बाद मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको क्या एक काम करता है, कैसे करता है अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया, तो जहाँ से रेड बटन से इसको सब्सक्राइब कर देना ठीक है फ्रेंड तो जहां पे अगर हम इसको दोबारा कट कर देंगे कट करके हम वापस आते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारे उस हिसाब से कोई भी वीडियो जहाँ पे शो नहीं करेगा अगर हम सर्च में भी दिखाएंगे तो जहाँ पे भी कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी नहीं कोई भी कुकी नहीं होगी तो आपने जब भी आपने यूट्यूब चलाना है कोई भी चीज देखनी है तो कैगिनेटो मोड को ऑन करके रखिए और उसके बाद ही आप यूट्यूब चलाइए और बच्चे को देना है तो आपने वहां जर्नर पे जाके सिर्फ पे जाके आपने उसको स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर देना है ठीक है फ्रेंड जो दोनों तरह के काम आपने यूट्यूब में ऑन कर लीजिए उसके बाद जो आप देखते रहो मर्जी देखो और जो बच्चे को देना है तब भी वो ऐसी कोई कंटेंट दिखाएगा नहीं जो आप देख रहे हो आपके बच्चे को दिखाएगा जो बच्चा देख रहा है आपको दिखाएगा आपकी भी सेफ्टी आपके बच्चे की सेफ्टी है।, है ना फ्रेंड बड़ी कमाल की ट्रिक अमीर करना आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू फ्रेंड